इस hey वीडियो so <tips> में आप लोग को फुरी बार बहुत सारे अपडेट निकल कर आ गया जो की आप लोगों को बताने वाला हूँ और करता करेगा ना जो आपको समझ ही दोस्तों तो, तो चलिए शुरू करते है और आपको दिखाते क्या चीज आने वाला है अपडेट करने तो वाला गाय की कल सुबह साढ़े नौ बजे से लेकर शाम का छह तक अपडेट रहेगा एक छोटे सेंटर पर शुरू करते हैं तो गैस आप लोग को ये दिखा पड़ रहा है न्यू क्लास कोड मैपल्पेन लिखा हुआ है जिसमें ये आने वाला हम लोग कुछ दिन के अंदर प्रीफर के अंदर अपडेट के बाद आपको मिल जाएगा क्लासिक रिकॉर्ड रैक वो सिर्फ गैस नए क्लासिक कोड खिलेगा तो आप लोग को अल्पे मैप देखने को मिलेगा प्रीफर के अंदर क्लासिसकोड रैक के अंदर गैस और दूसरा जो पेनिकल के आ रहा है वो सबसे घातक होने वाला दोस्तों की न्यू गन का स्किन आ गया प्रीफर के अंदर यानी कि न्यू बना एक न्यू बना गया है जो कि गन का नाम तो पता नहीं चल रहा है इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है चार्जर चार्जर में लिखा हुआ चार्जर बस्टर आपको देखा पड़ रहा है इसकी न्यू अपन लिखा हुआ आप, आप लोगों के सामने आज मैंने दिखाओ चार्जर बस्टर जो कि शॉर्ट का यानी कि शॉर्ट लॉन्ग रेंज का शॉर्ट रेंज कर आपको दिखाते जा रहा और तीसरा जो बेट है वो न्यू बरमुड़ा आ गया चेंज यानी कि बुरमे बरमुड़ा सा चेंज कर दिया एडजस्टमेंट लिखा हुआ एडजस्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब बरमुडा खिलिएगा आप यानी कि गेम जब खिलिएगा रैंक में तो आपको उसका चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि ये भी अच्छे है दोस्तों मार एक तरीके से थोड़ा ठीक ठाक है और दोस्तों लास्ट सबसे सब लास्ट जो निकल के आ रहा है आपको ट्रेनिंग ग्राउंड को थोड़ा चेंजेस कर दिया गया कि जो कि बहुत ज्यादा घातक कर दिया गया और थोड़ा ग्राफिक को हाई कर दिया है ये भी मैंने कहीं भी पढ़ा था कि आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में जो कि घर का दिखाई पड़ रहा है आपको ट्रेनिंग ग्राउंड को चेंज कर दिया गया और इसमें ट्रेनिंग को आप बीच में जाकर एक बंदा दे दिया जिसमें आप एम खेल सकते हैं गेम लेकिन सब कुछ कर सकते हैं जो कि इस तरीके से ये भी अच्छा है काइस और तो तो लास्ट अपडेट तो निकल गया है देख सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर तीन गण दिखा पड़ रहा होगा सिंपल तीन गन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर तीन गाने पता नहीं है इसमें गरोजा एक तीनों का लिखा हुआ है अचेमेंट वेपन लिखा हुआ, हुआ अच्छा मारिएगा सबसे तो बहुत अच्छा लगने वाला है मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही अपडेट निकल गया है तो वैसे आप लोगों को वीडियो बताना कमेंट रहे कैसा वीडियो बनाया और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा है वीडियो आप लोगों लिए बनाता रहता हूँ दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय